चलो बोलो हाल ही में केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं चलो बोलो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के नोवे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है खेलो इंडिया गेम्स दो का उद्घाटन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है हर साल प्रवासी भारतीय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है पाकिस्तान की वह पहली महिला कौन होगी जो सुप्रीम कोर्ट की जज होगी हो हाल ही में केरल राज्य चलचित्र अकाडमी के अध्यक्ष कौन बने हैं अब तुम लोग बोलो प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम गुरुदेव विश्वकवि भारत कोकिला देशबंधु निराला शांति पुरुष शहीद ए आजम नेताजी पंजाब केसरी देशरत्न राजा जी आधुनिक मीरा चलो बोलो तुम लोग हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? अब तुम लोग हाल ही में ई गवर्नेंस 2020 हजार पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन कहा हुआ वाह, तुम लोग बोलो हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के फैक्ट्री रोबोट बनाया जो दिमाग पढ़ सकता है अब तुम लोग बोलो हाल ही में भारत और अन्य कितने बोलो हाल ही में भारत और अन्य कितने देशों ने अमेरिका के साथ सी ड्रैगन बाईस अभ्यास शुरू किया हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया चलो बहुत अच्छा सुनाया तुम लोग क्या ऐसे ही जीके में याद करते रहो और करेंट अफेयर्स की जानकारी लेते रहो क्या बताओ और तुम लोग का क्या कहना है बहुत अच्छा लगता है चलो इसका मतलब जीके पढ़ने में तुम लोग को बहुत अच्छा लगता है चलो अच्छी बात है जीके पढ़ना ही चाहिए और जीके पढ़ने से हमें जो भी घटनाएं होती है वो हमें क्या होते रहता पता चलते रहता है इसलिए जीके पढ़ना सभी को क्या है चलो थैंक यू